सिखाना चाहता हूं आज आपको मैं ह्यूमन साइकोलॉजी लिखना बंद करो लिखना बंद करो और दायने हाथ की कोई भी तीन उंगलियां उठाओ फटाफट फटाफट हाँ ठीक है अब तुरंत अपने दिमाग में एक फर्नीचर याद करो आंख बंद करके तुरंत बदलना नहीं है करो फर्नीचर अपने दिमाग में आंख बंद करके तुरंत कोई भी एक फूल याद करो तुरंत कोई भी एक कलर याद करो तुरंत एक से लेकर दस तक कोई भी नंबर याद करो बस अब मैं आपको बताता हूं 90% लोगों ने अपने दाएं हाथ की यही तीनों उंगलियां उठाई होंगी दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी 90% लोगों ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी दिस इज साइकोलॉजी 90% लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा दिस इज साइकोलॉजी 90% लोगों ने एक में से दस में सात नंबर सोचा होगा दिस इज साइकोलॉजी 90% लोगों ने लाल रंग सोचा होगा दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी